और ओके सा सा सा चलो चलो चलो, चलो, चलो, अंदर चलो। Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. चल हो जाए हो जाए चलो बापू जल्दी चलो वो का बापू शे चलो चल चल चल ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अनिया हूँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा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 बात पहन चुके